मारुततुल्य वातात्मज बानर युथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरण प्रपद्य वार के अधिपति देवता हनुमान जी के श्रीचरणों में प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्बिदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक दो अप्रैल दिन मंगलवार का राशिफल राश प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारा प्रस्तुत राशिफल राश राश राश रा चंद्रमा के गोचर सर्व मांगल्य यात्राया जन्म राशि ना प्रधानमंत्री राश राश राश राश रा नाम राशि न ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल राश राश रा देखिए जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों हमारा जो पंचांग रहेगा ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया जाएगा सारी प्रभावी गणनाएं लखनऊ क्षेत्र से ही मानी जाएगी स्थान जैसे आप दिल्ली में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं फॉरेन से आप यूएस वगैरह से देख रहे हैं तो वहाँ पर समय चेंज हो जाएगा राहु काल का विजय मुहूर्त का या अमृतकाल का और सूर्योदय सूर्यास्त का भी समय चेंज रहेगा तो दर्शकों बेहतर रहेगा कि आप लोग अपने मोबाइल में कोई बढ़िया सा पंचांग का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करके ऐप इंस्टॉल करके आप लोग देख सकते हैं आगे बढ़े दर्शकों दिनांक १९ बीस व इंदौर में हमारा आगमन है तो जो भी इच्छुक दर्शक हैं हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं उनका स्वागत है पंचांग पर दृष्टि डालते हैं विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर विरोध कृत्यामक संवत्सर चल रहा है सख संबत उन्नीस उत्तरायण है और बसंत ऋतु चल रही है चैत मास है कृष्ण पक्ष है और आज जो तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की ये देखिए सुबह आठ बजकर सत्ताईस मिनट तक की द्वादशी तिथि रहेगी इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि हो जाएगी नक्षत्र रहेगा राहु का नक्षत्र है इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा चूंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथिवार नक्षत्र योग करण योग रहेगा शुभ इसके उपरांत शुक्ल योग रहेगा अब जब करण पर आते हैं तो तैतिल करण रहेगा फिर गर् करण आएगा और इसके उपरांत वरिष्ठ करण होगा जो चंद्रदेव का गोचर रहेगा ये कुंभ राशि में चंद्रदेव आज विराजमान रहेंगे गोचर करेंगे सूर्योदय की बात करें सूर्यास्त की बात करें तो छह 13 मिनट पर सूर्योदय होगा प्रातःकाल और सूर्यास्त की यदि हम बात करें तो शाम को छः बजकर बाईस मिनट पर सूर्यास्त होगा राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय इस दौरान आपको शुभ कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है वर्जित है शुभ कार्यों को करना ये दोपहर तीन बजे से साढ़े चार बजे तक का राहु काल रहेगा अब यदि आपको शुभ कार्यों को करना है आप लोग विजय मुहूर्त में कर सकते हैं बारह मिनट से और बारह उनसठ मिनट तक की विजय मुहूर्त रहेगा इस दौरान आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों हमने पूर्व के भी राशिफल में बताया था कि जो द्वादशी तिथि होती है द्वादशी तिथि के दिन मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए त्रयोदशी के दिन बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और एक चीज़ बताएं त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी तिथि आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि चतुर्दशी तिथि के दिन क्या नहीं सेवन करना चाहिए क्योंकि हम लगभग एक वर्ष से राशिफल बता रहे हैं और आप सभी लोगों का ज्ञान अब तक जो है परफेक्ट हो गया होगा कमेंट के माध्यम से बताइए कि चतुर्दशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए दिशाशूल की बात करते हैं तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब भाई तमाम लोग हैं जिनको उस दिशा में जाना होगा तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है कि आप गुड़ खा करके और पहले उसकी विपरीत दिशा में आप पाँच कदम चलिए उसके बाद फिर आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान निकालिए तब आप यात्रा करिए एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि आज के दिन तुलसी पत्र को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा द्वादशी तिथि में जो है सुबह रहेगी तो जो है तुलसी पत्र को बिल्कुल भी आप लोग मत तोड़िएगा अन्यथा दोष पड़ता है ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं सूर्य देव का जो गोचर रहेगा मीन राशि में चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे मंगल वृषभ राशि में बुद्ध इस समय मार्गी हैं लेकिन अस्त हैं कुंभ राशि में गुरु धनुराशि में अपनी स्वराशि में जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है शुक्र जो है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि का जो गोचर रहेगा देवगुरु बृहस्पति के साथ है धनुराशि में राहु का मिथुन राशि में और केतु का भी धनु राशि में गोचर रहेगा चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं मेष राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज का दिन जो मेष राशि के जातकों हैं कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है सामाजिक माल्यों सामाजिक मामलों में आज आप बहुत अधिक महत्व देते हुए नजर आएंगे आरंभिक भाग में आज शारीरिक स्फूर्ति की कुछ कमी दिखेगी कुछ आपके अंदर हो सकता है कि आलस्य हावी रहे लेकिन तो जो है 11 बजे के बाद आपकी स्थिति बदलेगी उसके बाद आपका जो है जो काम करने का नज़रिया ये बदलता हुआ दिख रहा है आज आपको अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है धन के मार्ग सुगम होंगे कई मदों से आज आपको धन आता हुआ दिख रहा है आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मेष राशि के जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं इनको आज किसी प्रकार का जो है जॉब मिलता हुआ नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है लेकिन शाम तक की सर एवं कमर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मेष राशि के जातकों को तो मेष राशि के जातकों बजरंगबली के दर्शन करिए और बजरंग बाढ़ का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए लाल रंग आज शुभ रहेगा ऑरेंज कलर शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक एक हमारी अगली राशि आती है वृषभ आज का राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है तो आज के दिन आपकी कार्यशैली बहुत अत्यंत धीमी रहेगी दिन के आरंभ से ही आज सुस्ती आपके अंदर रहेगी नौकरी पेशाओं को आज जो है नौकरी पेशा वर्ग को आज यात्रा पर्यटन की योजना और जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कैंसिल करना पड़े बाद विवाद बढ़ेगा जीवन साथी के साथ कुछ क्रोध आएगा इनको आप जो है दूर करें आपका जो है नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है आज संतान पक्ष को लेकर के भी कुछ आप अप्रिय घटना का जो है या अप्रिय समाचार सुनते हुए दित होंगे क्योंकि संतान पक्ष से आज कोई शैतानी किए होंगे तो कॉलेज से या स्कूल से आपको शिकायत मिलेगी आपको क्रोध बढ़ेगा माता अथवा पैतृक कार्यों में लाभ होने की संभावना है आपको अपना व्यवहार अपना वारी बिल्कुल नरम करना होगा बिल्कुल संयमित करना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ राशि के जातकों को वृषभ राशि के जातकों आज आप लोग गुड़ का सेवन करिए और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले एक पीपल का पत्ता अपने जेब में रखिएगा उसके बाद कार्यक्षेत्र पर निकलिएगा शुभ कलर की आपके बात करें तो आज कोरल ब्लू कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आज आपका शुभ अंक रहेगा हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि जैमिनी कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तो आज सेहत में पहले से कुछ अधिक सुधार होता हुआ दिख रहा है आज आपके अंदर आलस से हावी होगा नौकरी पैसा वर्क के लिए उच्च अधिकारियों से आज आप तारीफ के सब सुनेंगे कुछ नई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आज आपको मिलेगी आज आपको जो टास्क दिया जाएगा जो लक्ष्य दिया जाएगा उसको आप भेजते हुए नजर आएंगे आज जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है नए प्रेम संबंध स्थापित होने के आज योग बन रहे हैं धन लाभ होता हुआ दिख रहा है वही आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखना रहेगा शाम तक की थकान के कारण आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा शाम के बाद आपका किसी से अकस्मात झगड़ा हो सकता है तो अपनी वाड़ी पर आपको नियंत्रण करना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग मेडिटेशन करिए और यदि हो सके तो ओम नमा शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक तीन हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि तो राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राशि भविष्य क्या कहती है और डेली राशिफल कर्क राशि के लिए आ रहा है तो आज आप किसी पुरानी गलती को फिर से दोहराते हुए नजर आएंगे और फिर मुश्किल में फंस सकते हैं आपको इसका ध्यान रखना होगा घर के सदस्य दिन के आरम्भ से ही किसी न किसी कारण आज, आज आपसे नाराज रहेंगे सबको एक साथ आज आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एक जो है हमने अपने भागीरथ श्रृंखला में भी जो है इसका प्रयोग किया मोटिवेशन करता है कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन केतु तीर असर रेगिस्तान से जल निकलेगा तो कोशिश करते रहिएगा तमाम लोगों की जो है भावनाओं पे हो सकता है आज आप खरे ना उतरे लेकिन कोशिश करने से कुछ सफलता संभव है मध्यान्हन के बाद आज आपका मन जो है ना ये बहुत भटकाव की अलग और रहेगा विपरीत लिंग के प्रति आज अनायास ही आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इससे कुछ गंभीर परिणाम आपको हो सकते हैं मन अनैतिक कार्यों में लगेगा और आज आपका घर जो है घरेलू खर्च बहुत ज्यादा रहेगा आय कम होगी खर्च ज्यादा बढ़ेगा आज आपके शरीर में जो रक्त संचार है इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है चोट इत्यादि लग सकती है हाई ब्लड प्रेशर की आज आप शिकायत हो सकते हैं कर्क राशि के जातकों आज का दिन शुभ अब कैसे बने तो देखिए हनुमान जी की आराधना करिए स्तुति करिए सुंदर कांड का पाठ करिए बंदरों को गुड़चना यदि हो सकता है तो ढलिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए क्रीम कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक 8 सिंह राशि की ओर चलते हैं आज का राशिफल कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए तो आज बहुत ज़्यादा आपके भाग्य में पैसा आता हुआ दिख रहा है पूर्व में किए गए निवेश आज आपको लाभदायी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे इसके साथ साथ आज उच्चाधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे कोई नई टास्क कोई नई जिम्मेदारी आज, आज आपको मिलेगी स्थान परिवर्तन का नौकरी में योग बन रहा है आपके मनपसंद जगह आपका ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है आकस्मिक खुशी आज, आज आपको मिल सकती है अविवाहित लोगों के लिए कोई नए विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है काम की जगह आज आप मनोरंजन की ओर बहुत ज्यादा भागेंगे अपने जिभ्या पर आपको काबू रखना है वाणी पर काबू रखना है और आज स्वाद पर भी काबू रखना है जंक फूड से आपको बचना है अन्यथा आप किसी प्रकार की फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो सकते हैं सिंह राशि के जात को दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है तो सबसे पहले यदि आज कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो हाथ जोड़ लीजिएगा दूसरा आपको करना ये रहेगा कि आज आपको हनुमान बडवानल स्त्रोत का पाठ करना रहेगा शुभ कलर की यदि हम बात करें अब आप पूछेंगे हनुमान रडवान स्त्रोत कहाँ मिलेगा आप गूगल पर सर्च करिएगा अगर नहीं मिलता है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रयास करेंगे कि हम सबको अवेलेबल करा दें शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए रेड कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आज आपका शुभ अंक रहेगा चलिए हमारी कन्या राशि क्या कहता है कन्या राशि के लिए आज का राशि भविष्य तो दो अप्रैल का जो राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए रहेगा तो आज आपको कोई नई जॉब मिलती हुई नजर आई आएगी फिर चाहे वो सरकारी हो फिर चाहे वो प्राइवेट हो आज नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है ऑफिस में आज आपके विरोधी आप पर हावी रहेंगे उच्चाधिकारियों द्वारा आज हो सकता है कि आपके मान सम्मान को कोई क्षति पहुँचे आज कार्य क्षेत्र पर व्यवस्था आशानुकूल नहीं मिलने से थोड़ी देर में आप उपन महसूस करेंगे अपना वादा आपको यदि याद है और किसी से कर चुके हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसको जरूर पूरा पूरा करिएगा आर्थिक संकट से गुजरने का आज का दिन संकेत कर रहा है आज आपका धन खर्च अधिक होता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट आपको लग सकती है अग्नि भय है अग्नि से आपको सावधान रहना रहेगा और आज कार्यक्षेत्र तो पर निकलने से पहले मीठा खा करके निकलिए और शिवजी पर आज आपको यदि गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छा है अन्यथा जल में थोड़ा सा गोल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से चढ़ाइए शुभ कलर की आपके बात करें तो ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा वहीं लिब्रा की ओर चलते हैं तुला राशि की ओर चलते हैं तो आज का राशिफल जो तुला राशि के जातकों के लिए है तो आज के दिन आप बाहर के कार्यो में अत्यंत रुचि लेंगे बुद्धि विवेक अन्य दिनों की तुलना में आज आप अधिक इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे प्रातः काल से ही मांगलिक उत्सव के किसी आयोजन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं तुला राशि के जातक आज यात्राओं का योग बन रहा है धार्मिक कार्यों में भी आज आप बढ़ चढ़ करके रुचि लेंगे स्टूडेंट्स वर्ग के लिए किसी उच्च शिक्षा के लिए यदि बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है धन लाभ संचय करने लायक रहेगा और आज आपको हो सकता है कि कुछ आराम त्यागना पड़े बेरोजगारों को किसी वरिष्ठ परिजन के सहयोग से रोजगार की दिशा में आशा की कोई नई किरण मिलती हुई नजर आएगी भविष्य में शुभ समाचार इसके कारण प्राप्त होंगे विपरीत लिंगीय आकर्षण आज सार्वजनिक क्षेत्र पर मानहानि आपके ऊपर कर सकते हैं और हास्य का कारण आप बन सकते हैं कफ और पित्त की समस्या होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग हनुमान जी को यदि हो सके तो एक चोला जरूर चढ़ाइए और एक पीपल का पत्ता ले लीजिएगा उस पर आप लोग पीले चंदन से आप लिखेंगे श्री राम और उसको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे आगे क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का हल लेकिन उससे पहले हम बता दें कि शुभ कलर क्या है तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जातकों आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए दो वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज के दिन आप केवल अपने मन की ही सुनेंगे और अपने मन की ही करेंगे कोई आपके हित की बात भी यदि कहता है तो आज आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा मध्यान्हन तक की दिनचर्या व्यर्थ की बातों में खराब करेंगे और एक बात बताना चाहेंगे कि आज घर परिवार में अपने भाई बहन से या घर के किसी सदस्य से आज आपका वाद विवाद होता हुआ नजर आएगा किसी पुरानी जो है समस्या आज उभर कर आ सकती है कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में आज आपको असफलता मिलती हुई दिख रही है धार्मिक आस्थाओं में आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है सार्वजनिक क्षेत्र पर हो सकता है कि आज आपको कोई नया टास्क कोई नया प्रोजेक्ट मिले आज आपको न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है कुछ समय के लिए आज आप जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला आज आप चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का तीन बार आप लोग पाठ करिए धनुराशि सेजिटेरियस के ओर बढ़ हैं तो आज का दिन धनुराशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा आज आपके स्वभाव में अचानक लचीलापन आएगा आज आप जो कहेंगे आपके उच्चाधिकारी वो बात मानेंगे किसी भी कार्य को लेकर गंभीरता ना रहने के कारण हो सकता है घर वाले आपकी जो है आलोचना कर लें और आपको आलोचना सुननी पड़ सकती है मध्याह्न बात का समय आपके जो है लाभ के लिए और आर्थिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा है दोपहर बाद अचानक धन लाभ होता हुआ दिख रहा है व्यवसायिक क्षेत्र की यात्राएं आज आपकी जो है लंबी दूरी की होंगी और उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी धन अथवा संपत्ति को लेकर माता अथवा पिता से कोई खींचातानी हो सकती बात विवाद हो सकता है घर के सदस्यों की कि कि किसी पुरानी फरमाइश को पूर्ण करने में आज आपका धन व्यय होगा शाम के समय मनोकामना पूर्ति होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा अकस्मात आज जो है हो सकता है कि आपका खर्च हो तो इससे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना रहेगा और सूर्य गायत्री मंत्र का आप लोग एक बार जाप करिए शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा मकर राशि की ओर चलते हैं तो प्रातः काल से ही आज आप बहुत ही संकुचित नजर आएंगे आज आलस्य आपके अंदर भरा रहेगा आपको आज कोई जटिल कार्य यदि मिलता है तो उसको पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे आज परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपको जो है कोई समस्या पैदा कर सकता है वाहन सावधानी पूर्वक सितारे यहाँ पर चलाने की सलाह दे रहे हैं दोपहर बाद अकस्मात धन लाभ होने से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित होगा में पड़ जाएंगे आज किसी को लेकर के ज्यादा उम्मीद मत पा लियेगा ऑफिस में आज हो सकता है कि आपके विरोधी आप पर हाफी रहे आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं मकर राशि के जातकों आज कंधे कमर में दर्द हो सकती है अथवा कहीं चोट लग सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो आज बरगद के वृक्ष में आपको थोड़ा सा शहद चपकाना रहेगा और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले एक शमी का पत्र अपने जेब में रख के तब आपको निकलना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए जो है सिलेटी कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा कुंभ राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा एक्वायर्स के लिए आज का दिन तो कुंभ राशि के जात को बीते दिनों की तुलना में मानसिक रूप से शांति वाला दिन रहेगा लेकिन आज काम धंधे कोई नई आशा की नकारात्मक तो के साथ शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी संतान के भविष्य को लेकर मन ही मन कुछ आप विचार बनाएंगे कोई उनकी समस्या का समाधान करते हुए नजर आएंगे आज विरोधी पक्ष आपसे परास्त होगा आपकी हो हो सकता है कि कुछ ज्वेलरी सी उनको शाम के बाद आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है वहीं जो विदेश से व्यापार कर रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है घरेलू अथवा व्यवसायिक कारणों से आज हो सकता है कि आपको कोई उधार लेने की नौबत भी आए और आज परिवार में किसी सदस्य के रोग से आप परेशान होते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो आज आप लोग हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाइए और हो सके तो हनुमान अष्टक इसका आप लोग पाठ करिए हमारी अंतिम राशि है शुभ कलर बताएं तो आपके लिए ब्लैक रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक चार अंतिम राशि पर चलते हैं मीन मीन राशि राशि आती है कैसा रहेगा आज का दिन? तो आज का का दिन दिन तो यात्राओं का दिन है प्रातः काल से ही आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी आज आपको किसी की न, जो है जो अनदेखी करना हो सकता है कि कुछ आपको हानि करा दे आपके अंदर आज आध्यात्मिकता का भाव रहने से स्वभाव थोड़ा सा रूखा रहेगा आज आप अपने कार्य में किसी अननोन पर्सन की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद कर सकते इस कारण विवाद हो हो सकता है, हो सकता है है झगड़ा व्यवसाय व्यवसाय से से आज ज्यादा उम्मीद रखें लेकिन से धन आमद आज रहेगी संतान अथवा ननिहाल पक्ष में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिसका प्रभाव आने वाले कुछ दिनों तक आप पर देखने को मिलेगा इसके साथ साथ आज दर्शकों मनोरंजन के दृष्टिकोण से अच्छा दिन है कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैसेट आज आप परचेस कर सकते हैं कोई नया वाहन सुख भी आज आप प्राप्त करते हुए नज़र आएंगे आज आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिए कि हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और हनुमान जी के मंदिर में आज बेसन के लड्डू का आप लोग प्रसाद चढ़ाइए और उस प्रसाद को आपको स्वयं नहीं खाना है वहीं पर काट देना है आप पंडित जी से दूसरा प्रसाद लेके खा सकते हैं शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए लाइट ऑरेंज कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों आपके शहर इंदौर और उज्जैन में 19, 20 व इक्कीस अप्रैल को हमारा प्रस्थान है आ रहे हैं तो दर्शकों यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और तमाम नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं मान लीजिए कोई फ़ोन नहीं हुई भी उठ पाता है तो आप लोग WhatsApp पर मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिए कोई ना कोई आपको रिप्लाई बाद में ज़रूर मिलेगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार